कृषि मंत्री कमल पटेल ने अचानक हरदा में बन रही सड़कों का निरीक्षण किया और उनकी गुणवत्ता को जांचा पटेल का कहना है निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को हरदा से भोपाल आते हुए हरदा जिले में निर्माण हो रही नई सड़कों का औचक निरीक्षण किया बड़ी छिपानेर से हरदा जिले के छिपानेर के बीच नर्मदा ब्रिज पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने सड़क की गुणवत्ता की भी जानकारी ली नर्मदा नदी पर बन रही इस ब्रिज से हरदा भोपाल और भोपाल से हरदा आने जाने के समय में बचत होगी इस ब्रिज और सड़क बन जाने से सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से हरदा जिले में आने जाने वालों का करीब 40 किलोमीटर का फेर बचेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके हाथ में आप देख रहे हैं